मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर तो कई बार लोगों को बहुत कष्ट होता है मोदी जी से हमारी पटीदारी है हमारा मकान कब्जा किए कि जमीन लिए छीने जा रहे हैं लोगों ने वोट दिया वो प्रधानमंत्री उसमें मैं क्या करूं। जो लोग उनसे खुश नहीं है वो फिर से वोट उनके विपक्ष में देते हैं वो हट जाएंगे लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूँ क्योंकि संघर्ष करुणा योद्धा क्रोध